आप सभी को सबसे पहले मेरा प्यार नमस्कार आई होप आप सब लोग सही होंगे आपका मेरे YouTube चैनल नेहा उत्तराखंड में फिर से स्वागत है तो हाँ गए हम गए हैं केरल में ही मतलब थीरापल्ली नाम का एक जगह है वहा पे यहाँ पे हुई थी बाहुबली की शूटिंग तो दिखाते हैं आपको भी यहाँ का सुंदर सा दृश्य आप वीडियो में बने रहो चलो आप चलते हैं आपको सुंदर सा दृश्य दिखाते हैं वाटरफॉल वाटरफॉल घूर पे बाहुबली बाहुबली की मूवी की शूटिंग हुई थी ये देखो बंदरों का आतंक से डर रहे से चढ़ना पड़ रहा यहाँ बच्चे को लेके यस यार हाय हाय बोलो अब यहाँ पे मामी जी हमारी मजे लेते हुए ये देखो अभी टोपी वही रहेगी थी <laughs> भी <laughs> रात <चुत्रां की> <laughs> फोटोशूट चल रहा है है पे गई like श्रुति ये यहाँ पे यही रहे ये देख छप छाप कर हाँ ये ये देखो है तो अभी हम ऊपर जाते हुए यह रास्ता और जाना हमने ऊपर देखो इतने लोग जा रहे हैं दिख रहे होंगे नीचे को जा रहे हैं आंटी ये देखो ये मेरा ये मामजी चल रही हैं आगे आगे और मैं भी चल ही रही हूँ रास्ता ऐसा है हमारे लिए तो नॉर्मल है लेकिन और लोग और ये मेरे अभी हाँ बोलो बिछी ये यहाँ पे हमने खा लिया खाना जा रहे हैं इतने लोग ना रहे है यहाँ से मामा जी बना मैं और ये दोनों बीच में ना रहे नहा श्रुति गम सुम बैठी है फिश क्या गा। आ जाओ अब बहुत हो गया आजा जल्दी आप ये तो जाएगा आपको नहीं तो लेके आए तो ये जल्दी है अंदर का जूट है ना इसीलिए ये।, ये देखो <laughs> उधर को पानी ज्यादा सुंदा है ना वहाँ ये तो हुआ आ, ये करा मैं आपे। आ, क्यों ले फिर आप दे वो? दे वाले दे। रहे है। दे दे दे। चोरी चोरी है। वो हो अच्छा मछली पकड़ता है पता नहीं छोटा लग रहा है ये ये ये देखो, ये देख मछली गया गया नाक में चले जाएगा नाक में आप भी जाएगा कैसा लगा उसके लैंग्वेज में लैंग्वेज मरिया